हाई माई व्यूवर्स आई एम सौंदर्या स्किन केयर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब माई चैनल एंड वेल लाइकन प्रेस शेयर एंड कमेंट लाइक मी प्लीज़ माई चैनल पर क्योंकि आज का टॉपिक क्या है एग्नी पोर्स पिम्पल के बारे में है एग्नी पोर्स पिम्पल के बारे में बात करें मेरे मेरे भी पर्सनली मेरी तो स्किन पे भी बहुत सारा पिंपल्स हो गए थे ऐसे सी अभी तो काफ़ी हद तक गए हैं मेरे मेरी स्किन पे भी बहुत काफ़ी हद तक पिंपल्स हो गए थे मैं उसे ट्रीट करी वो होम रेमिडी करी कुछ को उसको तो बोले वो गाइडनेस ली कुछ भी फ़ायदा नहीं हो गया था उसलिए मैं डमा से मीट करी थी डमाकोट से वहाँ मेरे मेरे स्किन टोन देख के मेरे स्किन का टेक्चर टेक्चर फुल खराब होके गया था उसलिए मुझे ट्रीटरी ऑयल का एक सोप देते वो सोप में तो अभी सिक्स मंथ और मैं ईयर में हो गई वो यूज़ कर रही हूँ वो यूज़ करके मेरा मेरा स्किन कभी अभी काफ़ी हद तक ट्रीट हो गया है अभी मैं दिखा दिखा देती हूँ तुमको वो कैसा हो गया है मेरी स्किन कैसे यूज़ करना अब है तो वो? यूज़ करी हूँ तुम्हारे सामने सी मेरे भी पिंपल्स है जिंटली मसाज करके प्लेन वाटर से वॉश कर लो सी मेरा स्किन देख लो वाह है ना मेरे शेयर कर लियो मैं डेफिनेट रिप्लाई करती हूँ उसके बारे में एक वीडियो बनाने मुझे आसान हो सकता है इसलिए आज तो बात कर रहे